भारत के पांच सबसे अमीर यूट्यूबर जो यूट्यूब के जाने माने सितारे माने जाते हैं नंबर फाइव पर आते हैं गौरव चौधरी उर्फ टेक्निकल गुरुजी। इनके यूट्यूब पर लगभग तेईस मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर इनके नेट वर्थ की बात की जाए तो इनका कुल नेट वर्थ है तीन सौ छप्पन करोड़ रूपए नंबर फोर आशीष चंचला